पानी ही पानी है अब पता नहीं पानी कब बंद होगा जिससे फिर से इसको ठीक करवाना है अगर पानी बंद नहीं हुआ तो घर गिर भी सकता है आप देख सकते हैं ऐसे पूरे घर पे पानी ही पानी है घर में पता नहीं अब कैसे ठीक करना है इसको आज नहीं लगता कि बारिश बंद होने वाली है अब जब ठीक होगा तभी घर को फिर से ठीक करवाएँगे आप देख सकते हैं घर में चारों साइड पानी पानी है पानी निकल भी नहीं पा रहा है अच्छे से इतना बारिश है रात में की मत पूछ रही है हर जगह पानी, पानी आ रहा है इधर भी पानी छू रहा है एकदम से ये हमारे नंदो भाई साहब हैं जो अभी शख्स हो रहे हैं एक यहाँ पे चूना है जो पानी गिर रहा है शायद यहाँ से अच्छे से को ठीक नहीं किया गया देखते हैं कहाँ पे इसका पानी ये है इसका पानी ये दो जगह यहाँ पे है हर जगह बस बारिश ही बारिश है लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ लाइट पता नहीं कब आएगी लगता है जब बारिश बंद होगी उसके बाद ही आ सकती है हेलो दोस्तों आज बहुत ही बारिश हो रहा है हमारे यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमने घर को छबाया है लेकिन तभी रात से बारिश हो रहा है पूरे घर में बारिश ही बारिश पानी अंदर तक चला गया देखते हैं कहाँ कहाँ पानी चू रहा है घर के अंदर अगर ऐसे बारिश चलता रहा तो घर गिर भी सकता है आप देख सकते हैं बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे <स्तुक्मिण> <क्यानि> देख सकते हैं दोस्तों कितना बारिश हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर रस्ट और साइड पानी पानी है बेचारों तो का घर भी नहीं बन पा रहा है जो नए नए घर बना रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये इन्होंने ईटा रखा इनका ईंटा भी ख़राब है शायद ये भी घुर रहा है पता नहीं किस तरह बनाया था इन्होंने और आधा कच्चा आधा पक्का के वजह से इनटा खराब है और लगता है इस बारिश में इनका आधा ईटर ख़राब हो ही जाएगा कि हमारे आस पास भी घर बन रहा है अभी का घर शायद ना बन पाए दस दिन तक